हरा नीला पीला रंग दू तुझको गीला गीला खेले आज खेले होली आज संग रे खेले होली आज संग रे मचाए होदंग ऐसे भूले हवा में भंग जैसे भूले हवा में भंग जैसे है। आज हाज केले होली आज संग रे गेले होली आज संग रे प्यार का है पर ऐसा सपनों का एहसास जैसा गिल है रंगों में रंग बन के प्यार चो नोड़ के सब लाल हरा नीला पीला रंग कुछ को गीला गीला होली आज संग रे हम के हाथ तेरे सनमे छूम दुनिया गगन रे जूम दुनिया गगन रे लगा दू बदन पे तेरे सारे रंग रे आजा ओ जाओ आजा ओ जाओ खेले होली आज संग रे खेले होली आज संग रे लाल हरा नीला पीला रंदू रुच को गीला गीला आज करिए खेले होली आज संग रे खेले होली आज संग रे खेले होली आज संग रे